अज्ञात अज्ञात से सवाल का सा जवाब है अज्ञात से सवाल का अज्ञात सा जवाब है अज्ञात सी मेरी नींद में अज्ञात सा एक है, अज्ञात से महासागर में अज्ञात सा ही आम है मेरी हैसियत कुछ नहीं कोई अज्ञात ही जवाब है क्या बात <tparts>